का, अपना काम करने का नहीं फैलाने का भी राय था फिर उनमें दुल्ले जनरेट करके क्या फायदा है? भाई कॉल किए अपन किए लैंड है पार्टी करने का था मुख कर डाले